हेलो एंड वेलकम टू न्यूज क्लिक आई एम गोहा ठाकुर था और आज मेरे साथ न्यूज क्लिक स्टूडियो में एक महिला है जो अंग्रेजी में कहता शी मेनी हैट्स मैनी बहुत सारे टोपियां पहनते हैं सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षक अनुवादक अभिनेत्री और कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता वेरी हैप्पी टू वेलकम सदफ जाफर नमस्कार सदर सदब जी ये आपको तो हम सब जानते हैं आपको जेल जाना पड़ा 19 दिसंबर और आपको जमानत मिला 3 जनवरी और 7 जनवरी आप लखनऊ में जेल से बाहर आए हैं ये कुछ हफ्ता आपका पूरा जीवन बदल दिया किस तरह से अब भी न टीचर बहुत साल मैंने ओवर अ डिकेड है बीन अ टीचर और मैंने हिस्ट्री पढ़ाई है तो स्वाधीनता संग्राम जो फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया है वो मेरे आ, मेरा इट्स वन ऑफ माई फेवरेट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री जिसमें उसका एक छोटा सा अंश मैंने ख़ुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया इस बार मैं ये नहीं कहूँगी कि देश फिर से ग़ुम है लेकिन मैं ये कहूँगी कि जिन आइडियल्स को लेकर हम चले थे और जिनको हमने हासिल किया जो हमारा निचोड़ है स्वतंत्रता संग्राम का वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार द्वारा कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है सदा साहिबा आपके साथ तो उस दिन और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था एक एक तो था एक वकील थे वो मानवाधिकार के ऊपर मोहम्मद शोयब आपका एक दलित आई ऑफिसर पुलिस ऑफिसर जो रिटायर्ड दारापुरी जी आप अकेला जो महिला थे उस उस ग्रुप में आपको क्यों आपका क्या लग रहा है आपको क्यों इस तरह से आपके साथ व्यवहार किया और आपने इंटरव्यूज में कहा था आपने नहीं सोचा कि आपको गिरफ्तार कराया जाएगा अब जो तो था तो आपको जेल में ले जाएंगे कुछ सवाल आपसे पूछेंगे बस क्यों आपको टारगेटेड एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग अलग अलग बिकॉज इतनी बैरिकेडिंग थी एंड हम लोग अलग अलग मोर्चों पे थे मतलब मोर्चा कहेंगे इन द सेंस कि अलग अलग जगह पे हम प्रोटेस्ट कर रहे थे मैं जिस जगह पे खड़ी हुई थी वहाँ पे आई वाज लीडिंग अलॉन ऑफ पीपल देयर जो पीसफुली वहाँ पे बैठ के डेमोस्ट्रेट कर रहे थे जब आर्सनिंग हुई तो सब एक तरफ भागे मैं और मेरे साथ पवन राव अम्बेडकर थे अनंत दलित एक्टिविस्ट हम दूसरी तरफ भागे और ख़ासतौर से इसलिए रुके रहे क्योंकि एक मीडियाकर्मी को चोट लग गई थी और हमें लगा उन्हें फर्स्ट एड की ज़्यादा ज़रूरत है और फिर उसके बाद आर्सेनिक इतनी ज़्यादा हो गई थी वी वुड कॉट इन अ ट्राइंगल जहाँ पे दो तरफ आर्सनिंग हो रही थी वॉज वन बैरिकेडिंग ऑन दी अदर साइड सो वी डिसाइडेड टू स्टे बैक मुझे क्यों टारगेट किया का जहाँ तक सवाल है कि जब थिंग्स कॉट लिटिल, यू नो सेटल डाउन हमने सोचा कि जाएं अगर आप मेरा वीडियो देखें तो हम पुलिस के बीचों बीच से जा रहे हैं मतलब आई हैव नेवर सीन अ राइट डूइंग दैट तो मैं बीच में से होते हुए हम जा रहे थे एंड पुलिस we like, परिवर्तन चौक से आपको जब ले गए सिर्फ महिला ने मेल पुलिसमैन भी आपके ऊपर लाठी और आपने कहा कि एक तरह से जिस तरह से असलील शब्द का इस्तेमाल किया और, और जिस तरह से आपको गाली गलाज दिया और ये भी आपने कहा कि आपने कभी नहीं सोचा कि यह पुलिस वालों के अंदर इतना नफरत इतनी घृणा रहेगा देखिए क्या हुआ था कि आ, सड़क के ऊपर तो हम लोग को महिला पुलिस ने पकड़ा था आई वो स्लैप बाई अ मेल जब मैंने कहा मैं नीचे नहीं मैं डिटे नहीं थी मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी तो मैंने कहा मेरे घुटने में दर्द है मैं जमीन पर नहीं बैठूंगी बट देन आई कुड सी फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माय आईज कि बाकी लोग बहुत बुरी तरह से ब्लीड कर रहे थे चोट खा चुके थे एंड ये स्लैपी एन एफ फेल ऑन द फ्लोर ऑन द ग्राउंड ऑन द रोड एंड देन मेरा चश्मा दूर गिर गया था आई वाज मोर कंसर्न अबाउट दैट एंड देन बेटेंस पड़ने लगे हमें नहीं पता था औरत मार रही है कि आदमी मारे क्योंकि हमने सर नीचे कर लिया और पिटते रहे जो ये सारा हुआ है कम्यूनल स्लर हो या मार हो वो महिला थाने में हुई आप इनको पहचान लेंगे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 बट द थिंग इज दैट कि जिस तरीके से जो थाने में बुलाके के बर्बरता की गई हमारा लीगल राइट है कि हमारी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाए एक मिनट मैं पहले एकदम दो कदम हटके पीछे हटिए आप कह रहे हो उसका नाम नहीं था बैजेस नहीं थे आप कह रहे थे जिस तरह से आपको उसी समय परिवर्तन चौक में गाली गलास दिया ये आपने कभी इस इस तरह भाषा आपने कभी नहीं सुना पुलिस वालों इस्तेमाल कर रहे अश्लील भाषा एक महिला के लिए तो नहीं उम्मीद की गई थी हम उसी दोपहर में हम कह रहे थे कि हम ह्यूमन चेन बनाएंगे और पुलिस हम पे लाठी चार्ज नहीं करेगी और अपने भाइयों से कह रहे थे आइए आप आके अंदर ह्यूमन चेन के भीतर बैठिए आपको कोई नहीं छुएगा हम प्रोटेक्ट करेंगे और उसी शाम वी वींगेल इन्होने ले लिया उस समय कहा आप पाकिस्तानी है आप यहाँ खाते हैं आपका बच्चा पैदा हुआ है जेल में नहीं हुआ ये थाने में हुआ जेल में वीवर ट्रीटेड लाइक नॉर्मल सिटीजन्स लेकिन जैसे आम बंदियों के साथ जो मिलता है वही मिला लेकिन जो थाने में हुआ वो एक रात 19 और 20 की जो दरमियानी रात थी दैट द होल नाइट दे कैप्ट अब्यूजिंग दे केप्ट बीटिंग अदर पीपल उनकी आवाजें आ रही थी मुझे एक बार बुलाया गया मुझसे झूठ कहा गया कि आपको आई जी साहब बुला रहे हैं दे वॉज नॉट वेरिंग अ बैच आई गो इन टू दैट रूम विद होप कि अब तो कम से कम मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकूंगी कि मुझे मत फ़ोन दीजिए मेरा फ़ोन खोल के आपके पास ही होगा एक फ़ोन तो कर दीजिए मेरे परिवार को इन्फॉर्म कर दीजिए आपका 16 साल उम्र का बच्चा है आपका बेटा है आपका 12 साल उम्र का बेटी है इनको तो बता दीजिए आप किसी को बता दो मेरी बहन को बता दो मतलब देवॉज वरिंग कि मैं घर नहीं पहुँची हूँ सर्दी की रात है कम से कम मेरे फैमिली को पता होना चाहिए मैं कहाँ हूँ ये मेरा लीगल हक हाँ है मतलब मैं कुछ गलत नहीं मांग रही थी कोई अंडियो फेवर नहीं चाह रही थी लेकिन वो मैं जब तक उनसे कहती उन्होंने मुझे अंदर अब्यूज करना शुरू किया वर्बली बहुत बुरी तरीके आप पाकिस्तानी है आप पाकिस्तानी है आप एहसान फरामोश है आप लोगों तुम लोगों के साथ हम इतना कुछ कर रहे हैं मतलब वो तुम और हम हो गया था एंड बैक ऑफ माई माइंड मुझे चल रहा था अभी तो एनआरसी भी नहीं आया है तो ये परिवर्तन खाने, खाने चौक से तब से लेके हमें जेल आकर पहला कुछ खाने के लिए दिया गया और फिर आपको जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया आपको जो हस्पताल कब ले गए थे उन लोग इन्होंने मुझे बहुत बुरी तरह से फिर मारा जब बुलाया आई जी So-called. I.G. I.G. When himself contacted one of the the media persons and he said I I was not even there. Then I identified the person left cheek तो exactly uh, uh, came up to me, उनके जो साथी थे और उन्होंने मेरे बाल पकड़ मुझे नीचे झुकाया उम्मीद ही नहीं करनी थी मेल मेल व्हाट रैंक वाज यू ऑफ द पुलिस नथिंग नो दे वर लाइक अननेम्ड गुंडास इन यूनिफॉर्म उन्होंने मुझसे उससे पहले ही कह चुके थे कि सौ सात लगा के जेल में सड़ाऊंगा उससे पहले वो मुझे ऑलरेडी महिला पुलिस जो कॉन्स्टेबल थी उससे मुझे थप्पड़ पड़वा चुके थे एग्जैक्टली exactly. भाई हमने अखबारों में पढ़ा था हमने कहीं देखा था लेकिन हमें ये जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की नाम सुन के वो कहते थे वो लिस्ट लेके आते थे कहते आप तुम ही लोग पचानवे परसेंट इसमें शामिल हो तुम ही लोग इन्वॉल्व हो तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है हिंदुस्तान से तुम्हारा क्या बिगाड़ा है मोदी और योगी जी ने तो वो तुम और हम इंडिया वॉज इक्वेटेड विद मोदी जी एंड एनी उनकी नीतियों के खिलाफ हम करते इज़ अगेंस्ट इंडिया जो आईपीएस ऑफिसर थे दारापुरी जी उनको भी बाद में जमानत मिला जेल मिला मगर दीपक कबीर जो आपसे मिलने के लिए आए थे उनको भी गिरफ्तार गिरफ्तार कर दिया इन्होंने दीपक को रात से ही कहा जा रहा था कि हम लोग में से कुछ साथी मिसिंग हैं दीपक इन पर्टिकुलरली मेरे लिए इसलिए परेशान थे क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा क्या फैमिली स्टेटस है और क्या हालात होंगे मेरे और बच्चे कितना परेशान होंगे कम्प्लीटली ह्यूमानिटेरियन ग्राउंड पे वो मुझे ढूंढते हुए अगले दिन आए उनसे गलती इतनी हुई कि वो 16 तारीख को प्रदर्शन कर रहे थे और वहाँ के इंस्पेक्टर खुशवाहा के साथ उनकी झड़प हो चुकी थी 20 की सुबह जब वो मुझे लेने आए अंदर लेने के मतलब मेरी दरियाफ़त करने आए लेके के कहाँ जा सकते थे अंदर आए दरियाफ़्त करने उन्होंने कहा वो सीधा अंदर चले आए पहला इंसान जो इतने देर के बाद अंदर आया था he entered the jail in hazratganj no no he entered the thana the Achha. mahila thana in hazratganj okay and he came in silence and said ki sadab zafar hai yahan and i stood up aur pehli bar sense of relief ki jagah ki koi aaya hai i was like oh my goodness he's doomed because i knew his fate and then mujhe uske cheekhon ki awaaz aayi mujhe phir galiyon ki jo raat bhar sunti rahi hu male detainees ki wo cheekhna galian batens ki awaaz aayi एंड देन उसके बाद वो मुझे तब दिखा जब हमें जेल की गाड़ी में बैठाला जा रहा था और okay. जी आपने एक फिल्म में अभिनय किया लखनऊ सेंट्रल निखिल गांधी की फिल्म है इसमें फराना अख्तार भी थे आपने मीरा नायर का जो बीबीसी के लिए एक सीरीज हो रहे सूटेबल बॉय उसमें भी आप अभिनय कर रहे हैं आप बहुत सारे लोग मीरा नायर जी जैसे हंसल मेहता विजय वर्मा बहुत सारे लोग है ये जो घटना हुई है कुछ हफ्तों के लिए आपका क्या लग रहा है आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है एज एन एक्टर एज ए ट्रांसलेटर इसको ऊपर कुछ असर पड़ेगा देखिए ऐसा है कि मीरा नायर ट्वीटेड दैट यू नो अ अटेबल बॉय एक्ट्रेस विदाउट थिंकिंग कि उसका इंडिया में क्या रिस्पांस आएगा हाउ वुड पीपल रियक्ट टू इट मीरा नायर हैजुड बाई मी लाइक आई डोंट नो वाट I am not a professional actress I do it because I want to see ki main kahan tak ja sakti hu uh, diversify karta films se zyada theater mein kaam I am more into theater to uh, uh, I have experimented a lot with my life hmm. to isliye uh, jo camaraderie aayi hai jo support aayi hai I don't know what will happen with my career and where I go from here uh, post mein aapne kaha I was a freelance translator before they arrested yes. me I don't know if I still have that job इसका मतलब आप थोड़ा डरे हुए हैं कि आपका आने वाले भविष्य में में में क्या होगा आपको काम मिलेगा अनुवादक लखनऊ कोई कोई भी स्कूल, I was a teacher. में कोई भी स्कूल स्कूल अब मुझे हायर नहीं करना चाहता है और मैं लखनऊ छोड़ना नहीं चाहती क्योंकि बहुत कुछ लखनऊ बस चुका है I've been here since 1992 इज so द यस यस यू यू यू वांट वांट टू टू बी बी डोंट मत तो बेसिक uh, आइडिया ये है कि मैं चाहती हूँ कि uh, uh, भाई मुझे हायर ना करें ठीक है मेरे साथ ना खड़े हो वो भी ठीक है लेकिन जो गलत है देश की उसके साथ तो हिंदी और अंग्रेजी। uh, दोनों तरफ आई एम डूंग सिंगल मदर यून बैड मैरिजी और आपका उम्र साल है तो ये जो घटना हुई है आपका पर्सनल लाइफ में भी तो असर पड़ेंगे देखिये मैम जिंदगी प्लान नहीं करती uh, क्योंकि uh, जो प्लान्स थे जिंदगी के वो uh, बहुत पहले uh, Uh, जो है वो थोड़े जब डिरेल हुए तो फिर आई लिव माई लाइफ ईच डे आई नो दैट देर आर सर्टन थिंगस आई एम्टॉर यू प्लान योर लाइफ एंड ओवर नाइट यू रियलाइज दैट वो तीन सौ सत्तर लग गई है और जो कश्मीरियों ने प्लान किए थे शादियाँ और चीज़ें वो ख़त्म हो चुकी है आप आज के हालात में अपनी जिंदगी प्लान नहीं कर सकते आपको बस देश को अगर from रहना day to day. है आई लिव यस एंड मुझे ये लग रहा है कि वट एवर लिटिल लाइफ देट आई है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 आज आप अगर सत्तर साल अस्सी आस, साल पीछे चले जाइए और आज देखिए माहौल कि आज का जो स्वाधीनता संग्राम नया एक स्वाधीनता संग्राम इसमें क्या कंपैरिजन कर सकते कुछ कंपैरिजन करते हैं कि आपने कहा अपने इतिहास पढ़ाते थे बच्चों आज का क्या स्थिति आप देख रहे हैं आज भी जो लोग जो आज सत्य में हैं अगर उनके ख़िलाफ़ कुछ भी कहें आप जानते हैं आपके साथ क्या हुई है ये तो they don't tolerate criticism. तो आपका एक नया स्वाधीनता संग्राम का समय आ गया देखिए देखिये शुरू हो गया बिल्कुल हो गया है और तब भी में। वही मैं कहने जाती है की तब भी युवाओं ने और महिलाओं ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी और आज भी युवा और महिलाएं जो है वो उसकी मशाल लेके आगे चल रही है आ, मैं ये नहीं और जिस तरीके की काम हो रहे हैं जिस तरह और दो खूबसूरती इस बात की ये है कि तब भी गाने लिखे जा रहे थे तब भी कविताएं लिखी जा रही थी तब भी पेंटिंग्स बन रही थी तब भी और इतना खूबसूरत कल्चरल इन्फ्लक्स जो मैंने देखा है कल जामिया में तो आ, मतलब कंपैरिजन अगर करें तो अफसोस ये है कि हम तब तो बाहरियों से लड़े थे आज हम अपने आइडियल्स को बचाने के लिए अपनों से लड़ रहे हैं जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं इसमें क्या फ़र्क है जो आप देखिए कि इन लोग आपका जो भी योर पब्लिक पर्सनालिटी मैं समझता हूँ ठीक है आप कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता है आपके खिलाफ लड़ने ये इन लोग आपको जेल में डाल दें ऐसा नहीं है कि आप एक आम छात्र हैं या आम नागरिक हैं You are a high-profile person. इसके मतलब आज उत्तर प्रदेश में योगी जी का सरकार दिल्ली में मोदी जी का सरकार जो भी उनके खिलाफ कुछ भी कहें दो शब्द भी कहेंटॉय to उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी योगी जी ने कि हम बदला लेंगे तो जो 20 केसेस उन्होंने अपने खिलाफ वापस लिए हैं वो हेट स्पीच के हैं राइटिंग के हैं वो उन सारी तमाम धाराओं अटैम्प मर्डर के भी होंगे तो वो सारी धाराओं के हैं जो उन्होंने आम शहरी पर लगाए हैं वो बदला ले रहे हैं वो ये नहीं जानते हैं कि जनता भी बदला लेती है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकारों को फिर वही ताज गिराए जाएंगे तो ये जो ये इनके तख्त हैं ये गिराए जाएंगे इनके ताज उछाले जाएंगे सदम जी आप गुजरात में काफ़ी साल बिताया और मैं आपके साथ मेरा संपर्क पहले अहमदाबाद में हुई थी यानंद याग्निक जी का जी। दफ्तर में आप 92 टू साल में जब वो राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुई थी बाबरी मस्जिद का घटना के पहले उस समय आपका एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा कि वन आई लेफ्ट गुजरात आई हार्डली न्यू द गुजरात मॉडल वुड फॉलो मी टू उत्तर प्रदेश इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि जो नफ़रत मैं छोड़ आई थी मैंने आई रिमेम्बर कि जब गरबे होते थे और किसके बीच में गैप होता था तो प्रोजेक्टर से दीवारों पे हेट स्पीचेस दिखाई जाती थी जहाँ पे कहा जाता था कि किस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं फेक न्यूज़ का तब भी प्रोपागेंडा का ज़माना था जो बेची जा रही थी रथ यात्रा हो रही थी तो उस तरह की जो नफ़रत जो पोलराइजेशन था वो अपनी पीक पर आ रहा था और हम जब उत्तर प्रदेश आए और मैं मई में आई हूँ उसी साल दिसंबर में गिर गई मस्जिद तो मेरे फादर से लोगों ने कहा कि अपनी नेम प्लेट पोत दीजिए उसको कलर कर दीजिए या हटा दीजिए तो मेरे फादर ने कहा कि मैं अपने घर आया हूँ मैं चार साल डरते डरते अपने आप को छुपाते छुपाते अपनी आइडेंटिटी मैं अपने घर आया हूँ मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाऊँगा अगर मुझे आज इन्हीं के हाथों मरना है तो मैं अपनों के हाथों मरने को तैयार हूँ तो मैं आपको बताऊं प्रणंजय कि हमारी वो फैमिली रही है कि हम मेरे फादर मुझे साउथ अफ्रीका का फ्रीडम स्ट्रगल बैठा के दिखाते थे दूरदर्शन के ब्लैक एंड वाइट टीवी पे कि देखो और इसकी कीमत समझो तो गुजरात मॉडल मुझे फॉलो करता वो नफ़रत यहाँ तक आ गई पोलराइजेशन मैं देख रही हूँ कम्युनलाइजेशन देख रही हूँ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया है बहुत सारे मुझे बहुत सारे दोस्त मुझे अनफ्रेंड करके चले गए कुछ को मैंने अनफ्रेंड कर दिया लेकिन बात ये है कि जो अब बचे हैं वो बहुत ही वो लोग बचे हैं जो सेक्युलरिज्म की एक्चुअली उसको सेकुलरिज्म नहीं मानते हैं जो उन आइडियल्स को मानते हैं जिसकी जो हिंदुस्तानियत को मानते हैं तो हर गुजरात मॉडल के लिए हिंदुस्तानियत तैयार है सदा मेरा आखिरी सवाल आपने फर्स्ट हैंड आपने देखा किस तरह से आज उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों किस तरह से आप जो कहेंगे साम सांप्रदायिकता कम्युनलाइज्ड हो गया पूरी अब आने वाले महीनों में आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं भारतवर्ष का जो भविष्य उत्तर प्रदेश का क्या भविष्य है युवाओं तो ठीक है बहुत सारे युवाओं सड़क में आ गए हैं आज भारतवर्ष में हर सात नागरिक में एक नागरिक मुसलमान है उत्तर प्रदेश में आप समझ लीजिए हर पाँच व्यक्ति में एक व्यक्ति अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो ये तो संभव नहीं होगा कि ये सारे जो हमारे देश के जो चौदह फीसदी या पंद्रह फीसदी जो लोग हैं इनको आप कहेंगे कि अब सेकंड क्लास नागरिक बन गए कि संभव है कि आप क्या लग रही है आने वाले दिनों में ये छात्रों का आंदोलन युवाओं का आंदोलन और ये जो हमारे देश में जो साम्प्रदायिक शक्ति जो हमारे प्रशासन में हमारे पुलिस फोर्स में आ गए इसमें बदलाव कैसे आएगा आने वाले का कोई संभावना आप देखने देखिए जहाँ तक सवाल है आने वाले दिनों का आम मुसलमानों का क्या फ्यूचर होगा मुसलमानों का फ्यूचर वही है कि मुसलमानों के हाथों में आज भी वही वेपन्स हैं जो आज़ादी के वक्त है उनके पास जो एजुकेशन है जो उनको करनी पड़ेगी हासिल नौकरियों में उनको आना होगा ये अलग बात है सरकार नौकरियां ख़त्म कर रही है कारोबार जो हैं वो रहे नहीं लेकिन इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आना पड़ेगा ताकि वो स्टीरियो जो होती है वो ना हो उनके पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेपन जो दूसरा है वो है उनका मतदान का जिसको एन के जरिए उसके ऊपर वो करने की कोशिश की जा रही है डेंट करने की मैं ये कहूँगी कि यहाँ से सिविल नाफरमानी का आगाज़ होता है सिविल डिसबीडियंस का आप एनसीआर एनपीआर जो है एनपीआर ज़्यादा खतरनाक है और जैसे वरुण गोवर ने कहा कागज़ मत दिखाइए कागज़ नहीं दिखाएंगे कागज़ तो नहीं दिखाएंगे लेकिन एनपीआर मैं ज़्यादा फोकस मेरा एनपीआर पे है एनपीआर हो जो सेंसस होता रहा है इसका नाम बदल दिया गया है एन में लेकिन कुछ सवाल जोड़ दिए गए हैं आपके माँ बाप कहाँ के थे क्या उनकी बर्थडेज़ हैं क्या है? कौन से सन में पैदा आप जवाब मत दीजिए ना कागज़ दिखाइए ना जवाब दीजिए एक सिविल नाफरमानी पर आइए सवाल पूछना उनका काम है जवाब ना देना आपका हक है कागज़ मांगना उनका काम है कागज़ ना दिखाना आपका हक है ये रास्ता किसी बाहरी का नहीं है ये आपके अपने महात्मा गांधी का है जिन्होंने दुनिया भर के स्वतंत्रता संग्रामों को प्रेरित किया है तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि कभी भी आगजनी से दंगे से आर्म्ड रिवोल्यूशन से आप सरकारों का तख्ता पलट नहीं सकते पलट देते हैं तो फिर सिवाय एक अराजकता के आप कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं हिंदुस्तान को आज़ाद होने में बहुत साल लगे लेकिन जो हमने मॉडल पाया उसने दुनिया भर के मॉडल्स को आज भी हम डेमोक्रेटिक हैं बल्कि हमारे साथ आज़ाद हुआ मुल्क कितनी बार अपना संविधान बदल चुका है सो द ओनली थिंग मुसलमान यहीं के हैं मुसलमान ना बाहर से आए हैं मुसलमान उतने ही यहाँ के हैं जितने कि आर्यन हुन शाख और तमाम लोग हैं तो ये आपका मुल्क है कोई आपको नहीं कह सकता कि तुम लोग हम हम हैं उतने ही जितने कि और लोग हैं तो इसलिए ये यकीन रखिए इस बात पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है डरने की सिविल नाफरमानी करिए अपने कागज़ मत दिखाइए जवाब मत धन्यवाद थैंक यू सो मच सदफ जफर फॉर कमिंग हियर टू द स्टूडियो ऑफ न्यूज़ क्लिक आपने अपने व्यक्तिगत तविगता अपना व्यक्तिगत जो आपके साथ इन्होंने अत्याचार हुई है एंड आप जो आने वाले दिनों में क्या आप देख रहे हैं इसके बारे में आपने कहा एंड वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय कोलीग्स इन न्यूज़ क्लिक थैंक यू वेरी मच वंस अगेन यू हैव जस्ट हर्ड एंड वॉच teacher actress translator spokesperson of the congress party sadaf jaffer thank you for being with us keep watching news click dekhte rahiye news click <music>